नमस्कार दोस्तों टेक्निकल वर्ड में आपका स्वागत है मैं आपका दोस्त अमित और आज हम लोग बात करते हैं तो यूट्यूब पे कवर कैसे चेंज करें कवर फ़ोटो कैसे लगाएं या चेंज करें या फिर बैनर बोलते हैं जिसे आप बैनर कैसे चेंज करेंगे या तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र पर जाएँ क्रोम ब्राउज़र पे जब आप जाते हैं उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब पे जाएं यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल का लोगो दिख रहा होगा चैनल का चैनल लोगों पे चैनल लोगों पे क्लिक कर लें अगर आप में किसी पे ऐसा नहीं आता तो आप इसमें ऐसा मतलब YouTube अपडेट नहीं है आपका तो उसके लिए आप डेस्कटॉप वर्जन कर लीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइड में तीन बिंदी पे क्लिक करेंगे तो आप डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन आएगा इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद ये आपका डेस्कटॉप आप वर्जन में खुल जाएगा ट वर्जन पर खुलने के बाद थोड़ा सा आप जूम कर लेंगे क्योंकि मोबाइल साइट पे तो मोबाइल पे साइड में थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो आपको स्पेस मिल जाएगा इसको करने के लिए तो फिर अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे फिर योर चैनल उस पर जाएँगे योर चैनल पे आपका ये देखिए ऐसा पूरा आ जाएगा ये मैंने डेमो अकाउंट बना रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए तो आप कस्टमाइज चैनल पर जाइए कस्टमाइज चैनल पर जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो इस पर आपको ऐसा खुल के दिखेगा ये देखिए दिखे। तो आपके यहाँ पे ये देखिए तो यहाँ पे एक पेन का निशान आ रहा है तो इसको आप क्लिक कर देंगे फिर एडिट चैनल आर्ट पे क्लिक कीजिएगा फिर आपको तो ये क्लिक करने बाद ये आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से जो भी आप फाइल क्लिक करना चाहते हैं जैसे कि इसमें सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट तो फ़ोटो पे जाएंगे तो इसमें आपको ऑप्शन आ जाएंगे आप किस में से कौन सा मतलब फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो आप कोई सा भी फ़ोटो एक क्लिक कर लीजिएगा जो भी आपने डिजाइन का दोस्तों स्पेशली कोशिश करें आपकी आप, अपने बैनर या खबर को डिजाइन करके रखें जिससे कि आपके व्यूअर देखें और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों तो आप इनमें से किसी पे या तो आप तो फाइल में जाके अगर आपने बना रखा था पहले से ही तो कवर को इस यहाँ पर जाके कर दीजिएगा अपलोड करके फिर यहाँ आपको उसमें सेव कर दीजिएगा और ये आपका डन हो जाएगा तो आप लोगों को समझ में आ गई दोस्तों तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि मैं आगे आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे सकूँ धन्यवाद